दोस्तों आज जानेंगे सब्सक्राइब हाइट कैसे करें तो सब्सक्राइब हाइट करने के लिए हमें अपनी क्रोम ब्राउजर पर जाना पड़ेगा क्रोम ब्राउजर पर जाने के बाद हमें studio.youtube.com लिखना पड़ेगा studio.youtube.com youtube.com यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल गया यहाँ पर सर्च कर लेंगे उसके बाद हमें डेस्क टाइप साइट में जाना पड़ेगा यहाँ पर डेस्क टाइप साइट में जाएंगे उसके बाद हमें हमें सेटिंग पर जाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड है उसके बाद चैनल पर जाना पड़ेगा उसके बाद एडवांस सेटिंग पर जाना पड़ेगा उसके बाद इसको ऊपर करेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा सब्सक्राइब काउंट यहाँ पर सब्सक्राइब अगर इसको मार्क कर देते हैं तो सब्सक्राइब काउंट होगा इसको हटा देंगे तो सब्सक्राइब अनकाउंट हो जाएगा यानी जो हमारा जो हम लोग को सब्सक्राइब किए हैं वह काउंट नहीं होगा वह काउंटिंग गिनती में नहीं आएगा वह अबकॉर्स काउंट होता ही रहेगा लेकिन अब किसी को शो नहीं होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो